पुलिस अपराधियों से इस कदर परेशान है कि पुलिस को अपराधियों के अवैध बने मकानों की नपती करवाने के साथ उनको लेकर मुनादी करवानी पड़ रही है पुलिस अक्सर माइक के जरिए ये मुनादी करवा रहे हैं फरार अपराधी इरफान काटर से पुलिस परेशान है लगातार पुलिस की पकड़ से इरफान बाहर है मजबूरन पुलिस को इरफान के अवैध रूप से बने घर को नापना पड़ रहा है एस के आदेश पर पुलिस गुंडे के खिलाफ मुनादी करा रही है कि वो चौबीस घंटे में हाजिर हो फरार अपराधी इरफान काटर पर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में धारा 307 समेत कई धाराओं में अपराध दर्ज है सिविल लाइन के अपराध क्रमांक चार सौ धारा दो सौ चौरानवे तीन सौ तेईस इजाफा धारा 307 में आरोपी इरफान काटर गिरफ्तार करने के बाद से ही फरार चल रहा है कई बार उसके परिजनों से और उसके संबंधित व्यक्तियों से सूचना दी गई, हिदायत दी गई कि आप तत्काल उपस्थित हो परंतु अभी तक अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए भागते छुपते फिर रहे हैं अपहरण चल रहे हैं अपने आप को बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दें, अन्यथा विधि अनुसार हर संभव कड़ी ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी